बिन मांगे किसी को सलाह ना दें ऐसा करने से अक्सर लोग उन बातों की भी कदर नहीं करते जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग अगर आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल सुनो सभी ठीक करो अपनी में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उन बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी कविताएं और समाज की बहुत सारी बातें आप तक पहुंचती रहे तो चलिए आज बात अपने शुरू करते हैं कि अगर समाज को आप सुधारना चाहते हैं या कोई भी ऐसी बातें जो बताना चाहते हैं तो बताने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि आप किसको बताने जा रहे हैं और क्यों बताने जा रहे हैं क्योंकि ये समाज अभी बहरा और अंधा हो चुका है ना ही कुछ सुनता है ना ही कुछ देखता है इसी से पहले अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं क्या आप अपनी बातें समाज में रखना चाहते हैं तो रखने से पहले इन बातों पर ध्यान दें और जरूर दें कि जो सही बात होती है उन बातों का अभी कदर नहीं होता है गलत बात अगर आप किसी को समझा रहे हैं या कोई ऐसा सलाह दे रहे हैं तो वो बातें हमेशा सुन ली जाती हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर आप किसी को सही बातें बताना चाहते हैं और सही बातों की समझ को शिक्षा देना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी बातें कोई नहीं सुनेगी तो आपको क्या करना है जब आपको समाज के किसी इंसान को सुधारना है तो उससे पहले खुद को सुधारना पड़ेगा इसीलिए एक बात मैं कह रहा हूँ तो दूसरों को सुधारने से पहले खुद सुधरो बिन मांगे किसी को सलाह मत दो अगर आपसे किसी बात पर कोई कुछ पूछे तभी बताना और अगर ना पूछे ऐसे ही अपनी अगर अच्छी बात हो फिर भी अपने बातें दूसरे के सामने बताते रहो तो एक दिन आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी इसीलिए अगर आप समाज को गांव को शहर को कहीं भी हो जहां कहीं भी आप उस जगह को अगर सुधारना चाहते हैं सही बनाना चाहते हैं जैसा कि होना चाहिए तो जब आपसे कुछ पूछा जाए तभी आप अपना मुंह खोलें ना कि बिना मांगे ही जो मन में आए जब मन में आए बताते रहें ऐसा करने से आपकी वैल्यू नहीं रह जाएगी लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू भी बनाए रखें और अपनी पहचान भी बरकरार रखें। जब तक आपकी पहचान जिंदा है तब तक आप जिंदा है अगर आपकी पहचान मर गई तो समझ लो आप भी मर गए